हेलो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है फ्रेंड्स हमारे बच्चे हमारी लाइफ में कितने महीने रखते हैं ये सब कुछ तो आप जानते हो मोबाइल हर कोई यूज करता है मोबाइल के कितने साइड इफेक्ट है कितने बेनिफिट है आप सब जानते हैं तो आज की वीडियो में बताने वाला हूँ जो गूगल प्ले स्टोर है हर किसी के मोबाइल में होता है मतलब गूगल प्ले स्टोर में कुछ सेटिंग ऐसी होती है जो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए जो करनी है बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है हमें पता नहीं होता फ्रेंड बच्चों को हम मोबाइल दे देते हैं बच्चे गेम खेलते रहते हैं तो बीच में कुछ ऐड वगैरह आ जाती है और बच्चे ठग से उसको इंस्टॉल कर लेते हैं जैसे इंस्टॉल कर लेते हैं वो गेम कुछ होती है कुछ अडल्ट टाइप कोई गेम होती है जिससे बच्चों का फ्यूचर खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं मेरे चैनल पर मैं ऐसी वीडियो लेके आता हूँ ताकि आपको आपका और आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो सके कोई ऐसी संगत में बच्चा ना पड़ जाए और आपको भी किसी तरह की जिसमे बहुत ज्यादा हो तो वैरिस होते हैं हमारे फोन के लिए बहुत ज्यादा हार्म होता है ठीक है आपको दो सेटिंग बताने वाला हूँ एक तो आपके लिए जो आपने अपने जो प्ले स्टोर है प्ले स्टोर में जो आप पहली सेटिंग को ऑन कर लोगे तो उससे वो क्या करेगा जो भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हो वो उसको मतलब कि स्कैन कर देगा ताकि उसमें बैच्स है या नहीं है जो जिसमें बैच होगा उसको अपने आप हटा देगा ठीक है फ्रेंड दूसरी सेटिंग ये है कि जैसे ही आपका बच्चा कोई मोबाइल यूज कर रहा है कुछ भी कुछ भी देख रहा है गेम खेल रहा है या कोई चीज वीडियो वीडियो देख रहा है तो उसमें क्या आता है आपको पता ही ऐड आती रहती है ऐड की वजह से कुछ ऐसी एप्लीकेशन या ऐसी वीडियो आ जाती है जो बच्चे अडल्ट होते हैं मतलब कि आपके बच्चे के देखने लायक तो को कोई भी बच्चा वैसी चीज़ ना कर सके तो वीडियो को कम्प्लीट देखना ताकि मैं आपको समझा सकू क्लियर कर सकू भी आपने कौन सी सेटिंग ऑन करनी है कौन सी ऑफ करनी है इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर वहां दोनों डिटेल में बताने वाला हूँ एक रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को ऑन कर देना ताकि आपके साथ पास सबसे पहले पहुंच सके चलो फ्रेंड चलते है मोबाइल स्क्रीन के ऊपर वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ जेब दोनों सेटिंग देखिए फ्रेंड मैं आ गया मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे आपने क्या करना है अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद जो पहली सेटिंग में बताने वाला हूं जो आपने अपने फ़ोन में करने हैं जहाँ ये ऊपर आपके गोल सा आइकन बना होता है इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो जहां पे एक प्ले प्रोटेक्ट ना का एक ऑप्शन रहता है को हम जैसे हम इसको ओके करते हैं तो जहां ऊपर लिखा भी रहता है टर्न ऑन प्ले प्रोटेक्ट स्कैनिंग इसका मतलब यही है भी जब हम और यूर सिक्योरिटी टर्न ऑन प्ले प्रोटेक्ट चेक ऐप फ्रॉम आउटसाइड द प्ले स्टोर पहले ये बताता है कि जो प्ले स्टोर से आउटसाइड एप्लीकेशन आती है इसको स्कैन कर देगा और ताकि उसको हटा सके तो इसके आप इसको आपने ऑन करके रखना है जैसे ऑन कर देंगे तो इसमें आपके फोन में जितने भी इंस्टॉल एप्लीकेशन होगी जो आप जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन होगी जिसमें वैर से होता है उसको स्कैन कर देगा ये तो स्कैन जहाँ तो हो गया जहाँ से जैसे इसको ऑन कर देते हैं जहाँ ऊपर सेटिंग पे जाने के बाद इनको भी आपने ऑन कर देना है ठीक है फ्रेंड पहली सेटिंग तो जी होगी इसका बेनिफिट ये रहता है आपके फोन में जिस भी एप्लीकेशन में वायरस होगा ये उसको स्कैन कर देगा तो इससे आपके फोन की लैब बढ़ जाएगी क्योंकि जो वायरस होते हैं वो आपका पूरा डाटा ले लेते हैं आपके फोन से आप जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं जरूरी फैमिली की फोटोज वगैरह होती है जो पूरी लीक हो जाती है उसके बाद हम देखते हैं किसी नेट पर पड़ी हुई है तो बहुत हमारे लिए मुश्किल क्रिएट हो जाती है अभी दूसरी चीज फ्रेंड जो हम आपने अपने बच्चे को देने से पहले करना है इसके लिए हमने सिंपली क्या करना है वही चौथे नंबर पे, पे, पे, एक पे, पे, पे सेकेंड लास्ट पे एक फैमिली का ऑप्शन रहता है इसको हम जैसे ओके करेंगे तो जहा थर्ड नंबर पे, पे पेरेंट्स कंट्रोल लिखा होता है पेरेंट कंट्रोल के बाद जैसे हम इसको ओके करेंगे तो जहां से हम हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जहां से हमने इसको ऑन कर देना ठीक है ठीक है, है? जहाँ से आपने एक पिन सेटअप कर देना उसके बाद री करने के लिए बोलेगा वन टू थ्री फोर आप कोई भी जहां पे लगा सकते हो पेटर्न लगा सकते हो क्योंकि इसका मतलब ये होगा कोई ऐसी एप्लीकेशन अगर आपको बच्चा को गेम देख रहे हैं कोई ऐसी आप ही जाएगी तो सबसे पहले आपसे ये पिन मांगेगा जब तक आप पिन नहीं भरोगे तो वो एप्लीकेशन ना तो वीडियो प्ले होगी ना वो एप्लीकेशन वो जो मतलब इंस्टॉल होगी ये बहुत सेफ्टी का पॉइंट है उसके बाद आपने क्या करना जहां ऐप एंड गेम लिखा हुआ है ठीक है फ्रेंड जहां से आप चूज कर सकते हो कि आपका बच्चा कितनी एज तक है मतलब तीन साल के तक है तो आपने मतलब जहां से इन सभी को हटा देना है ठीक है तो जहां से हटा देना है मतलब के ये आपका बच्चा हो गया मतलब तीन साल तक के बच्चे इसे लेवल की एप्लीकेशन शो करेगा अगर आपका बच्चा सात साल तक का तो जहां से हम क्लिक करेंगे तो सात साल के बच्चे के लिए कौन सी एप्लीकेशन जरूरी है उसको ही जहाँ पे शो करेगा ठीक है फ्रेंड इस तरीके से 18 प्लस तो जहाँ पे मान लो मेरा बच्चा 16 साल का ही एज तक है, मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ ठीक है दूसरी चीज फ्रेंड फिल्म वगैरह जो मतलब ये जो प्ले स्टोर पे फिल्मे वगैरह आती रहती है दिखाते हैं अभी सर आप परचेज कर लो उस परचेज वाली पैसे वाली होती है पेड़ होती है कुछ फ्री होती है वो कौन सी फिल्में दिखानी चाहिए जहाँ से भी ये उसी लेवल का दिखाया गया इसको मतलब तो, उसको तो एज के अकॉर्डिंग दिखाया गया था जो ऐप है पर, इसको भी आप वैसे ही मान सकते हो ठीक है जो यू है वो ज्यादा मतलब छोटी उम्र का बच्चा उसके लिए होती है जू जो मतलब तकरीबन आठ दस साल का बच्चा होता है जो ए, ए, ए सोलह साल के बच्चे की लगभग होती है जो ऐसा मतलब अडल्ट में आ जाती है ठीक है इसको भी आप जहां से ओके करके रखो जहां से तो इसको कर दो सेव जिस भी एज का आपका बच्चा है उस एज के अकॉर्डिंग ठीक है फ्रेंड तो जैसे आप इसको ऑन करके रखोगे तो जहां पे आपको वही एप्लीकेशन दिखाई देगी जो आपके बच्चे के लेवल की है जो आपका बच्चा देख सकता है जो बच्चे के मतलब के उसके लिए कुछ ऐसा अडल्ट कंटेंट नहीं आएगा जिससे मतलब उसका फ्यूचर खराब होने के मतलब के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं ठीक है फ्रेंड बड़ी कमाल की ट्रिक है इसको आप अपने फ़ोन में अप्लाई करके रखो और मजे लो जिंदगी के अगर आप जिन मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मेरे चैनल पे हमेशा ऐसी रियल और जेन्यून वीडियो रहती है ठीक है फ्रेंड मिलते हैं अगली वीडियो तब तो तकलीफ